नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल हर जिले में हर स्टेडियम में बनेगा दिव्यांग खेल कॉर्नर जी हाँ को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की है इसके साथ साथ ही उन्होंने राजकीय अंधविद्यालय पानीपत की नई बिल्डिंग बनाने और नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिए जाने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अम्बाला के आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास कर रहे थे इस दौरान उन्होंने विशेषतः दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर दिव्यांग अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक रूप से अक्षम लोगों की मानसिक रूप से अक्षम लोगों की देखभाल के लिए अम्बाला में पांच एकड़ भूमि पर इकतीस करोड़ इकहत्तर लाख रुपए की लागत से आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण कराया जाएगा इसमें 100 सौ जनों के लिए वस्त्र भोजन और उनकी उचित देखभाल की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी उन्होंने कहा कि देश के करीबन 50 लाख मानसिक मानसिकाक्षम बच्चे हैं और हरियाणा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए व्यापक स्तर पर सुविधाएँ देने का प्रयास कर रही है अब दिव्यांगजन स्टेट कमीशन फॉर पौर डिसेबिलिटी पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं पोर्टल फिर ही साथ ही शिकायत को ट्रैक करने के साथ साथ अधिनियम सूचना विभाग की योजनाएं व मामला सूचीविधित व्यवस्था की जानकारी भी ले सकते हैं मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए अवार्ड पोर्टल की भी शुरुआत की इस पोर्टल पर दिव्यांगजन सीधे अलग अलग श्रेणी में अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इससे भी उन्हें काफ़ी सहूलियतें मिल जाएंगी उन्हें विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे उन्होंने कहा कि श्रेणी एक और श्रेणी दो के नेत्रहीन अधिकारियों के लिए ब्रेल प्रिंटर भी दिए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इसके लिए एनजीओ तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए ताकि दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास जगे और वे आगे बढ़ सके मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और दिव्यांगजनों को दी जा रही अलग अलग सुविधाओं और पेंशन के संबंध में जानकारी हासिल की पल पल से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवा, दिवस 3 दिसंबर को हर वर्ष होता है इस दिन हम हर वर्ष दिव्यांगता दिवस के अवसर पर एक विशेष विचार हमेशा करते हैं कि जो लोग किसी न किसी कारण से चाहे वो शारीरिक दृष्टि से अथवा मानिक मानसिक दृष्टि से किसी भी दिव्यांगता के शिकार हैं ऐसे लोगों को एक आभास कराना कि वो भी आम आदमी की तरह और अपना जीवन यापन करें उसके लिए एक आत्मविश्वास उनका सबका बढ़ना चाहिए और साथ ही शासन प्रशासन की ओर से भी जो सहयोग और सहायता उनकी की जा सकती है वो सब भी हम उनके लिए करते हैं तो जैसे आज हम देते हैं कि हमने वेबसाइट का जो लॉन्च किया है इस वेबसाइट के लॉन्चिंग में एक प्रकार से सब सूचनाएं अपने इन बंधुओं को मिल जाए और किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको करनी है वो मिल जाए वो उनकी हो जाए तो एक सुविधा उनको ये मिले ताकि कहीं भी उनको दफ्तर में चक्कर ना काटने पड़े उनकी सहूलत के लिए इस वेबसाइट का अपना उपयोग होगा यह हमारे जो कमिश्नर डिसबिलिटी हमने जो बनाए हैं उनकी ऑफिस से इसको लॉन्च किया गया है वो इस वेबसाइट के माध्यम से सब सेवाएं ऐसे संबंधों को देंगे ऐसा ही दूसरा जो लॉन्च किया वेबसाइट वो है जो हमारे स्टेट अवार्ड्स के लिए लोगों को मैनुअली अप्लाई करना पड़ता था तो मैनुअली अप्लाई करने के बजाय वो सब वेबसाइट से अप्लाई कर सकें ताकि उनको समय समय पर जो भी अवार्ड मिलने हैं उसका निर्णय है। विभाग के लोग करेंगे और उनको जा सके। आज साथ में तीसरा जो जो किया है, वो है वो हमारे मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, पांच एकड़ की भूमि पर यह भवन बनेगा और लगभग इकतीस करोड़ इकहत्तर लाख रूपये की लागत इस पर आएगी सौ व्यक्तियों का इसमें रहने सहने का और ये प्रबंध किया गया है उनका भोजन वस्त्र आश्रय चिकित्सा पोषण योग ध्यान आदि की, की एक व्यवस्था की गई है ताकि ऐसे जो जो भी हमारे हैं मानसिक पीड़ित हैं उनको भी वातावरण जो है अच्छा मिले तो ऐसे अच्छा वातावरण में उनके लिए भोजन जो बनाया गया है अम्बाला में इसके लिए मैं विभाग का भी और खास करके हमारे अम्बाला के सभी बंधुजन हमारे मंत्री अनिल विजय समेत वहां का प्रशासन इन सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूं कि एक ऐसा पवित्र कार्य किया गया है जिसकी बहुत लोगों को आवश्यकता है